खबर देवास से है डोल ग्यारस के अवसर पर अगर भगवान नरसिंह की पाषाण प्रतिमा पानी में तैर जाए तो इसे शुभ माना जाता है इस बार ये पत्थर की प्रतिमा पानी में दो बार तैरी इसका मतलब है इलाके में इस साल सुख शांति रहेगी देवास के हाट पे पल्ल के नरसिंह घाट पर हजारों लोगों की भीड़ थी एक जुलूस के शक्ल में भगवान नरसिंह की साढ़े किलो वजनी मूर्ति मंदिर से नदी तक लाई गयी सब ये जानने के लिए उत्सुक थे की मूर्ति पानी में तैरी या नहीं प्राचीन मान्यता है कि भगवान नरसिंह की साढ़े सात किलो वजनी पाषाण मूर्ति अगर पानी में नहीं तैरी तो इलाके में अनिष्ट की आशंका बनी रहेगी अगर मूर्ति एक बार तैरी तो शांति रहेगी और मूर्ति अगर दो बार तैरी तो सुख शांति रहेगी और मूर्ति तीन बार तैरी तो सुख शांति के साथ समृद्धि भी बनी रहेगी हजारों लोग इस बार भी इस क्षण के साक्षी बने जब मूर्ति ने दो बार तैरकर इलाके में सुख शांति बने रहने का संकेत दिया